ये शुरुआत और सफलता के बीच का जो रास्ता है ना तुम इसमें डटे रहना अपनी मेहनत पर अड़े रहना